मतलब कि अगर आपको एक्सेल में अगर 10 डिग्री 20 डिग्री 100 डिग्री ऐसे लिखना है तो आपको क्या करना होगा जैसे 50 डिग्री लिखना है तो 50 और हमने स्मॉल ओ दे दिया अब इस स्मॉल ओ को हम डबल क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे सिलेक्ट करने के बाद इसी के ऊपर जब राइट क्लिक करके जब हम फॉर्मेट सेल में जाएंगे तो यहां मुझे दिखेगा सुपर स्केल तो ये आपके ऊपर चल जाएगा बट एक छोटी सी प्रॉब्लम यहां पे होती है आ, कि मेरे पास इस तरह के डेटा है तब क्या करें अब कुछ लोग कहते हैं सर इसके बगल में हम वो लिख देते हैं हो जाएगा नहीं क्योंकि जब आप एक सेल को सिलेक्ट करके जब फॉर्मेट सेल में सुपर स्किप करेंगे तो क्या होगा तो पूरी की पूरी सेल जो है वो सुपर स्क्रिप्ट होगी लेकिन यहां मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर करेक्टर करना है तो हर एक सेल में वो लिख के एक एक करके हमें फॉर्मेट सेल में क्लिक करना प्रॉब्लम होता है तो यह हम बात करने जा रहे हैं विजुलाइजेशन हमें आ, 85 डिग्री 36 डिग्री ऐसा विजुअल होना चाहिए तो फॉर्मेटिंग का मतलब विजुलाइज कोई होता है तो हम क्या करते हैं इसके बगल वाले कॉलन में हम ओ को लिख देते हैं फिर इसको मैं यहां से आप और लेफ्ट कर देते हैं ताकि साइड में आ जाए कॉलम को छोटा कर देते हैं बहुत ही छोटा कर देते हैं फिर राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल में जाते हैं और इसको हम सुपर स्किप कर देते हैं अब सुपर स्किप कर दिया एक अभी भी जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा विजुअल नहीं हो रहा है तो इसको और अच्छे से विजुअल कराने के लिए पूरी एरिया में दोनों कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे राइट right क्लिक करके हम जाएंगे फॉर्मेट सेल में सबसे पहले मैं इसकी बैकग्राउंड को व्हाइट कर देता हूं उसके बाद हम इसके बॉर्डर पे आते हैं बॉर्डर पे आने के बाद मैं यहां पे राउंड बॉर्डर लेता हूं और मिडल बॉर्डर लेता हूं मिडल ले लेता हूं ये वाली जो बॉर्डर है जो कॉलम कोलम पर सेपरेट कर है इस बॉर्डर को नहीं लेना है अब ओके कीजिए तो अब आपको पूरा का पूरा डिग्री की तरह विजिलाइज हो समझे तो जब आप डैशबोर्ड बनाते हैं या कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो इसकी कोई जिम्मे गारंटी नहीं है कि आप जैसा चाहते हैं उस तरह के फॉर्मेट बन जाए लेकिन हमें इस तरह के ट्रिक से ऐसे फॉर्मेट्स को बनाने पड़ते हैं।